एक भी है, उसकी भी है। हाँ। आ आ हाँ। एक भी भी उसकी बैठा पर होया हाँ। क्यों हो गया हाँ। खरसा में दस किले बांटा हाँ और पाड़ी न बोले अरे दस किले रहे पौड़ी में बैठ पलंग के और मारे बोला तो हाँ, हाँ। तो ले तो भाई आज नो करना है भाई नारा होगा नारा होगा कति नहीं मानू भाई नारा होगा या दो पर होगा ते न्यारा तेरी नहीं हाँ। तो डर भी बाट लिए जवार की पूरी मेरी बाज रही तेरी सारा सौदा बाटन लाख के गी दो डेरी बना ली ठीक से तो भाई दो भाई है दो भी होंगे हाँ। रहा, जाके वो लाग रहा। चाल उड़े में उड़े तस आदमी बैठे और आगे वहाँ आ गए बोली घूंगठ कर गए ढेर होगा छोटल तीन तेरे नारा बताओ <laughs> तो भाई को खूब हवा ले रहे हो कोई नारा नूरा नहीं क्यूँ मात मारम थरम भाई पक्का दूसरा आ गया मांगे राम आ, सुन ले मेरी